भाई क्या मार रही है भाई सांस ले लेते मेरे को ये भी हिट ये, हेड ओ भाई क्या क्या कहिए क्या बात है क्या बात है? सामने ओ. is running around like like he's your god is like untouchable moving like a ninja rice dodge pull is mean child oh, dost hume kerta hu aapko ye video acchi lagi ho mai chinta subscribe karke bell note karo channel ko subscribe kare milte hain next video mein bye bye